आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं मैक अरिना सो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है बस गेम खोल के देखी थी यार क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका इस मुझे इतनी गेम अच्छी लगी सो गेम काफ़ी अच्छी है थोड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक फील भी देती है और इस गेम के बारे में और मतलब ये जैसे हम अभी फ्री फायर खेलते हैं पबजी खेलते कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते उसी हिसाब से ही ये अरीना टाइप गेम है बस इसमें हमें रोबोट्स के साथ फाइट करनी होती है उसमें हम हमें बंदे वगैरह मिलते थे ये इसलिए आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के सामने कैसे होता है अच्छा यही वाला हमें खेलते भाई वाइट वाला मेरे दोस्त को मारेगा मैं तुझे मारूंगा ले नहीं पहला किया कि उनका एक रोबोट गया गाइस एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे पीछे है भाई बहुत डैमेज दे दिया भाई बस ये तो बहुत डैमेज है भाई ये भाई ये भाई एक और केल भाई वो आगे की तरफ जा रहा है भाई क्या बंदा है यार मैं उसके पीछे से कैप्चर करने जा रहा हूँ और वो आगे जा रहा है भाई अच्छा <laughs> उधर जाके गाइस हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कर लेता हूं। रुक भाई इसे कैसे होगा तेरा ये गया ओ भाई भाई मैं तो ऐसे फीचर देख रहा था भाई <laughs> <laughs> गाइस so दो बाकी इसी के साथ साथ हमारा मैच हम जीतते हुए इसी के साथ साथ गया भाई एक और किधर किधर है किदर है मैं ही मारूंगा मैं ही मारूंगा ये गाइस हमने लास्ट किल भी हमने किया सेवन किल्स इन गाइस अनस्टॉपेबल सो गाइस अरे भाई क्या हुआ अरे भाई एक रोकड़ बचा है क्या उसे भी मैं मारूंगा भाई भाई किधर है भाई दो मिनट में तो मार दूंगा भाई से भाई तेरे में एचपीए है सो so गाइज इसी के साथ साथ हमने ये मैच जीत लिया है और इसी के साथ साथ आज की सोडियो में इतना ही मिलता हो आपसे अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो इसी के साथ साथ हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता हुआ अक्से अगले तब तक के लिए बाय